एक कंधे पर बोझ बहुत दिखता है फीका फीका सा चेहरा पर आंखों में तेज बहुत दिखता है कंधा मजबूत और दिल नाजुक सालिए फिरता है सबकी उम्मीदों पर ये खरा उतरता है कभी माँ का लाडला तो कभी जोरू का गुलाम कहलाता है ये मर्द बेवजह चक्की में पीसा जाता है सुबह शाम का कोई होश नहीं रहता दिल चाहे कितना ही बेचैन हो, इनकी आंखों में कोई देख नहीं सकता हुआ क्या है इन्हें, ये किसी से कहते ही नहीं। जुबा पर कड़वाहट जितनी ज्यादा होती है दिल का दर्द उतना ही गहरा होता है इन्हें भी पसंद है ढलती शाम के साथ ढल जाना किसी की गोद में सिर रख कर सो जाना कोई प्यार से गले इन्हें भी लगा ले आज तुम ऑफिस मत जाओ ये कहकर अपने पास बिठा ले बड़े सिमटे से लगते हैं बड़े सुलझे से लगते हैं ये लड़के कितने अजीब हैं ना हजार ख्वाहिशों को मार कर भी जिंदा से लगते हैं रूठे तो ये खुद होते हैं रूठे तो ये खुद होते हैं और उल्टा हमें ही मनाने लगते हैं दिल इनका भी का है बस ये जरा पत्थर दिल बन कर रहते हैं और दिखावे की तो खूब दाद देनी पड़ेगी इनकी कभी हाल पूछ लो तो हाँ मैं ठीक हूं मजे में हूं कहकर बात टाल देते हैं कभी कभी सोचती हूँ जिस्म क्या लोहे का है इनका बदन चाहे बुखार से तप रहा हो फिक्र इने फिर भी अपनी होती नहीं है निकल पड़ते हैं कमाने अपने हिस्से का आराम जो इन्हें कभी वापस मिलता ही नहीं है और एक आखिरी बात एक जिस्म में कई किरदार निभाते हैं कभी भाई कभी पिता तो कभी हम कहलाते हैं कितनी अजीब बात है ना जिम्मेदारी की बेड़ियों में गैरजिम्मेदार इंसान का चोला पहने नज़र आते हैं